بسم الرحمن بعد من बसम्लिमून सलि रसूलकरीमबाबाबलिन बसमल रिम दुनिया और आखिरत की क्या हकीकत है मेरे भाई दुनिया इंसान के लिए आजमाइश और इम्तहान की जगह है अल्लाह तसानों को दुनिया में भेज कर दुनिया और आखिरत की हकीकत साफ़ साफ़ बता दी अल्लाह ने अज्जा हम کو ایک بات بتاتا ہوں सबसे बड़ी इबादत जो है ना वो यही इबादत है कि दुनिया से बेरगती हासिल करना ये सबसे बड़ी इबादत है तो अल्लाह ने इस दुनिया की भी हकीकत हमारे सामने बता दी साफ साफ़ और आखिरत की भी हकीकत बता रखी है साफ साफ़ कुरान हदीस में जगह जगह वजाहत की गई है कि दुनिया और इसकी सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं जबाता अफनान हर चीज़ ख़त्म होने वाली है और आखिरत और उसकी सारी चीज़ें हमेशा बाकी रहने वाली हैं दुनिया की न्यामतें आखिरत की न्यामतें और दुनिया की तकलीफें आखिरत की तकलीफों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती हैं इंसान दुनिया की सारी न्यामतें और राहतें जहन्नम की मामूली सी तकलीफ के सामने भूल जाएगा इसी तरह दुनिया सारी इसी तरह दुनिया की सारी तकलीफ़ें जन्नत की एक चक्कर लगाने के बाद उसे बेहसियत मालूम होने लगेगी ये दुनिया की सारी तकलीफ़ें सिर्फ जन्नत का खाली बस उसको देख लेने एक चक्कर लगाने के बाद उसे बेहसी ये पता चलेगा कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हर शख्स पर ज़रूरी है मेरे भाई कि वो दुनिया और आखिरत की हकीकत को पहचान ले दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करे जिंदगी गुजारे तैयारी करे आखिरत की जो आगे आने वाली है तो मेरे भाई एक बात समझ लो ये दुनिया सरसब्ज मीठी और शादाब है देखें दुनिया देखने में मीठी हरी भरी मालूम होती है होती है इसलिए इसकी चमक दमक में फंसे और इसके झमेलों में उलझने से हमें रोका गया है एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल सल्हुसम नेतद फरमाया बेशक दुनिया मीठी और सरसब्द शादाब है अल्लाह ताला तुमको इस दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा है ताकि वो देखे कि तुम इस दुनिया में कैसे अमल करते हो कहा है ना लिहाजा मेरे भाई तुम दुनिया से बचो और औरतों से बचो यानी इंसान को दुनिया की शान और शौकत इसकी लज्ज़तें इसकी ख्वाहिशात बड़ी खुशनुमा मालूम होती हैं इसी वजह से अल्लाह तज़मा कर देखता है क्या ये ज़ाहरी खूबसूरती इसे धोखे में तो डाल रही है या वो इसके पीछे भाग रहा है या वो दुनिया की शान शौकत को चंद रोज़ा और बेहकत समझ कर आखिरत की तैयारी में लग जाता है तो अल्लाह इस तरीके से आजमाना चाहता लियब लियालुअम अकुम अहसन वामला अल्लाह आजमाना चाहता है कि ये दुनिया में अच्छे अमल करता है या बुरे अमल करता है हमारी शुक्रगुज़ारी करता है या हमारी नाशक्री करता अपनी आखिरत की तैयारी करता है या इसी दुनिया में ही फँस चुका है देखो एक छोटी सी बात है छोटी सी बात यह है एक जगह शहद पड़ा होता बहुत सारा एक चोटी आती है वो चूंटी क्या करती है थोड़ा सा शहद चखती है और चली जाती है आगे जाती है उसका दिल करता है कि यार वो निरा भाव सारा शहद पड़ा हुआ है थोड़ा सा और चख लें क्यों ना चखें तो वो उसका जो दिल कहता है ना वो फिर वापस आ जाती है और फिर उसको क्या करती चखने लग जाती है अब जो कुछ है कुछ हद तक ज़्यादा चखती है कि उसे और मज़ा मिले फिर वो अपने काम की तरफ चल देती है फिर उसे और आगे ख्याल आता है कि नहीं यार इतना सारा शहद पड़ा हुआ इतना मीठा मज़ा आ रहा कैसा मज़ा आ रहा सोचती कि नहीं ये और इसे थोड़ा सा चख लें वो अपनी ख्वाहिश के खातिर उस शहद को नहीं छोड़ रही थी अपने काम को छोड़ बैठी थी तो वो इस तरीके से आती है तीसरी बार चौथी बार पांचवीं बार उसके दिल में ख्याल में जाता है कि नहीं अब जो शहद है उसको खूब अच्छी तरीके से घुस के उसके अंदर लिपट कर, और ख़ूब अच्छे से उसको चूसा जाए अपनी लज्जतों को पूरा करा जाए जब वो चीटी वो शहद के अंदर जैसे ही घुसती है तो वो मेरे भाई शहद उसकी चिकनाइयों से उसको घेर लेती है शहद की चिकनाई उन चींटियों को पकड़ लेती है और वो चींटी अब उस शहद से निकलना चाहती है फिर वो नहीं निकल पाती यहाँ तक केक उसको उसी में ही मौत आ जाती है तो मेरे भाई ये दुनिया भी बिल्कुल इसी तरह है अगर हम इसमें लगे रहेंगे अगर हम इसमें लगे रहेंगे अगर हम इसमें पड़े रहेंगे अपनी आखिरत को बर्बाद करते रहेंगे इस दुनिया की चंद रोज़ी ज़िंदगी के खातिर तो फिर मेरे भाई हम फिर दुबारा इस दोबारा इस दुनिया से नहीं निकल सकते अगर हम सोचें ना कि निकलेंगे नहीं निकल सकते दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है मेरे भाई आखिरत की ज़िंदगी तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है ये अल्लाह ने हमें दिया है और ये गुजरने की जगह है ये दुनिया की जिंदगी तो कट जाएगी वो कहते हैं ना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है यह इबरत की जाह है तमाशा नहीं है तो मेरे भाई हमें तो इससे इबरत हासिल करना है क्यों हम इस दुनिया में लगकर अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं आने वाली जिंदगी को छोड़ बैठे हैं और वो दिन कितना भारी है और वो ज़िंदगी यकीनन आएगी और ये जिंदगी हमारी एक दिन ख़त्म होगी ये हमें पता है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं नहीं चलो करे रहो नहीं चलो करे रहो दुनिया में पड़े रहो अपने काम करे रहो उस अल्लाह की नाफरमानी करते चले जाओ उस रसूल की एक भी ना मानो उसकी एक भी ना सुनो अपनी ज़िंदगी यूँ ही आवारगी में गुजारो सुबह होए तो अय्याशी में करो शाम होए तो अपनी आवारगी में गुजारो मेरे भाई मेरे भाई ये इंसानों का काम नहीं है ये जानवरों का काम है कि वो दुनिया में आए हैं अपनी नस्लों को आगे बढ़ाएँ और चले जाए इंसानों का काम है कि वो इस दुनिया में रह अपनी एक असल जो जिंदगी आने वाली वो आखिरत उस आखिरत की तैयारी करे और उस रब से मिलना है उस रब ने वादा करा है कि हम तुमको दोबारा जिंदा करेंगे मरने के बाद और अपने सामने खड़ा करेंगे वह अनुमूर और हम तुमको अपने सामने खड़ा कर देंगे और आपसे सारी पूछ गछ करेंगे यह हमारे लिए जरूरी है मेरे भाई हम क्या सोचकर इस दुनिया में बैठे पड़े हैं ये दुनिया की जिंदगी कट जाएगी मेरे भाई अगर आपके पास पैसा है तो कट जाएगी अगर नहीं है तो कट जाएगी खुश है तो कट जाएगी गम है तो कट जाएगी परेशान है तो कट जाएगी दुख है तो परेशान कट जाएगी अगर सुखी है तो परेशान कट जाएगी ये दुनिया की जिंदगी मेरे भाई कोई वैल्यू नहीं रखती है कोई वैल्यू नहीं रखती है आप ये ना सोचें कि सामने वाले के पास गाड़ी है अभी तक हमारे पास गाड़ी नहीं आई है सामने वाले के पास एक से एक बेहतरीन महल है सामने वाले के पास एक से एक बेहतरीन स्मार्ट से स्मार्टफोन है हर बच्चा स्मार्टफोन चला रहा है हम क्यों ना सोचें कि उन्हें हम भी स्कूल लें मेरे भाई वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसकी भी जिंदगी कट रही है हमारी भी जिंदगी कट रही है वो अगर साइकिल चला के अपनी जिंदगी काट रहा है तो वो मोटरसाइकिल चला चला के भी उसकी जिंदगी कट रही है अगर वो उसके पास महल है तो भी उसकी ज़िंदगी कट रही है अगर हमारे पास झोपड़ी है तो भी हमारी जिंदगी कट रही है ये दुनिया की जिंदगी कटती है कटती है कट रही है इसकी मिसाल इस तरीके से एक लूडो का दाना लूडो का दाना देखा वो लूडो का दाने में एक पंजा होता है वन होता है दूरी होती है त्री होती है छक्का होता है हर कोई उम्मीद क्या लगाता है छक्के की लेकिन जैसे ही एक भी आता है दो भी आती है या भी आती या पंजा भी आता है तो हमें गोटियाँ चलना पड़ती हैं क्योंकि हम उस वक्त एक को भी नहीं छोड़ते हैं तो मेरे भाई ये जिंदगी की भी ऐसी मिसाल है कि हम उम्मीद तो बड़ी बड़ी लगाए हैं लेकिन हमारी ये दुखी में भी जिंदगी कट रही है बड़े अफसोस के साथ हम कहना चाहते हैं मेरे भाई आखिरत को अपने ना भूलो दुनिया की खातिर अपने आखिरत को मत बर्बाद करो अपने हाथों से मत बर्बाद करो मेरे भाई पाँच दिन की ये जिंदगी है आप इसको कितना चांद लगा सकते हैं फिर आप दूसरों के लिए इन सब चीज़ों को छोड़कर चले जाएंगे वो दूसरे ये दुनिया किसी की नहीं है जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है मेरे भाई अपने रब को राज़ी कर लो यहाँ हुसैन जैसे लोगों की गर्दनों को काट कर पर चढ़ा दिया जाता है यजीद और शिमर जैसे लोगों को दुनिया बादशाह बना देती है नेक लोगों को यहां कैसे पीट पीट के रखा जाता है और बद बत से बदतर लोगों को आज दुनिया क्या कहती है ये अच्छा इंसान है ये एक नेक इंसान है और नेक इंसानों को आज दुनिया बुरा भला कहती है इस दुनिया से जी लगा के बैठे हो कोई फायदा नहीं है इस दुनिया से कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया की अल्लाह की नजर में इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह ने कहा है कि जब से हमने दुनिया बनाई तब से इसकी तरफ देखा भी नहीं है इस दुनिया की तरफ मेरे भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि ने भी बतलाया दुनिया मुसाफिर खाना है यहाँ सिर्फ़ एक ठहरने की जगह यहाँ रुकने की जगह नहीं है सिर्फ थोड़ी देर आराम करना है आराम करने के बाद जिस तरह मुसाफिर किया करता अपनी मंजिल को चल देता है वो फिर कहता है कि हमें अपने मंजिल तक पहुँचना तो यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी भी क्या है एक इम्तहान की जगह है एक मुसाफिर की जगह है एक मतलब रहने और सहने की जगह है कि इंसान यहाँ से रहकर थोड़े दिन रुककर अपना जो उसका असल घर है जो उसका अपना असल वतन है आख़िरत का घर है मरने के बाद की ज़िंदगी है उस जगह पर पहुँचने की तैयारी भी करे और उस जगह के लिए वो चल पड़े इस दुनिया की ज़िंदगी और झमेले और झंझटों को छोड़ के फेंक दें तो मेरे भाई ये दुनिया की ज़िंदगी बेकार है इस दुनिया से ताल्लुक़ मत लगाओ इस दुनिया को यहीं पर ख़त्म कर दो अपनी आखिरत को मत भूलो ये दुनिया की ज़िंदगी आपकी कट जाएगी अगर अमीर हो तो कट जाएगी गरीब हो तो कट जाएगी मालदार हो तो कट जाएगी बादशाह हो तो कट जाएगी प्रधानमंत्री हो तो कट जाएगी अगर छोटे से छोटे विधायक हो तो कट जाएगी और अगर आप झोपरपट्टी में रहने वाले एक गरीब हो तो भी आपकी ये ज़िंदगी कट जाएगी लेकिन अपनी आखिरत को मत भूलो अपनी आखिरत को सामने रख कर अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी गुजारो और लोगों को बताओ कि देखो हमारे लिए ये दुनिया कुछ भी नहीं है कुछ भी मायने नहीं रखती हमारी ये दुनिया तुम चाहे खूब इसमें जी लगाओ हम तुम्हें समझाएंगे कि देखो ये दुनिया की ज़िंदगी नहीं है काफ़ी लोग क्या करते हैं वो सिर्फ यही तो करते हैं ना कि मज़े लेते हैं दुनिया की ज़िंदगी में रह रहकर खूब शराबे पीते हैं खूब अयाशी करते हैं खूब मौज मस्ती करते हैं खूब आबारगी करते हैं खूब नशावरी करते हैं सब चीज़ें करते हैं क्यों उनका यकीन ही नहीं है उन्हें पता ही नहीं है कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और वह ज़िंदगी कितनी बड़ी सख्त ज़िंदगी है जहाँ अगर इंसान ने अच्छे काम करे हैं फिर वहाँ मरना भी नहीं है एक तो अगर सज़ा मिलेगी भी तो फिर वहाँ अगर सज़ा मिलेगी देखो अगर यहाँ हम लोगों को किसी चीज़ की सज़ा मिले दुनिया में मान लो अगर आग में जलने की सज़ा मिले तो यहाँ क्या होता है वो आग दिल तक पहुँचती है और इंसान मर जाता ख़त्म हो जाता लेकिन वहाँ जहन्नम की आग है दिल तक पहुँचेगी फिर ठंडी फिर इंसान वैसी फिर दिल तक पहुँचेगी फिर ठंडी इंसान तड़पता रहेगा वहाँ मौत नहीं आएगी पानी मांगेगा पीने के लिए लेकिन मेरे भाई वहाँ ऐसा पानी मिलेगा एक तो बहुत दिनों में आप वहाँ चीखते रहोगे पानी के लिए पानी के लिए बड़ी मुश्किल में सुना जाएगा सुनने के बाद आपको खोलता हुआ गर्म पानी पिलाया जाएगा जिससे आपकी आंतें बाहर निकल आएंगी जबान आपकी बाहर मुंह के बाहर लटकाएगी क्यों सिर्फ इस दुनिया की खातिर वहाँ इतनी झंझटे उठाओगे अगर ये दुनिया की जिंदगी को इस ऐसे ही छोड़ दो मेरे भाई कि ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है अपनी आखिरत को बचाना है तो फिर मेरे भाई ये दुनिया की राहतें तकलीफ़ें कुछ भी नहीं हैं आपके लिए वहाँ की नाममतों को देखकर ये तकलीफ़ें आप कहोगे ये मेरे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है और यहाँ की राहतें देखकर कर वहाँ की तकलीफ़ को कहोगे कि वो राहतें हमारे लिए दुनिया के कुछ भी नहीं, नहीं। आज ये तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें मिलेंगी तो मेरे भाई कौन अकलमंद आदमी होगा जो क्या करेगा अपनी दुनिया की ज़िंदगी को नहीं बनाएगा बल्कि वो आखिरत की ज़िंदगी को भी बनाएगा और दुनिया में कुछ ऐसे काम करेगा कि हमारी आखिरत भी बर्बाद ना हो और बेमक़ूफ़ आदमी क्या करेगा वो कहेगा हमें आखिरत अपनी बर्बाद करना है और दुनिया की ज़िंदगी को आयश मस्ती में गुजारना है तो अकलमंद आदमी क्या करता है वो दुनिया को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता वो कहता है, नहीं है ये दुनिया की ज़िंदगी उधर की ज़िंदगी सही है और बेवकूफ़ आदमी कहता है नहीं नहीं नहीं नहीं वो पता नहीं दुनिया है भी या नहीं उसका यकीन ही नहीं है लेकिन वो अपनी इसी दुनिया को ही जन्नत समझ बैठा है तो मेरे भाई अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अदा फरमाए और हमें आखिरत की तैयारी करने वाला बनाया मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बनाए आमिर